हाय मैं प्रकाश सर आज आपके लिए बायोलॉजी का जो टॉपिक ले आया हूँ उसका नाम है ह्यूमेन एस्पर्म मानव शुक्राणु देखिए ह्यूमेन स्पर्म है क्या ह्यूमेन स्पर्म को एस्परमेटो जुआन भी कहते हैं इसे एस्परमेटो जुआन भी कहते हैं या एक हेप्लॉयड संरचना होती है क्योंकि इसका निर्माण अड़सूत्री विभाजन के द्वारा होता है या नर युग्मक है जिसका निर्माण नर जनद जनद को अंग्रेजी में गोनेट कहते हैं जिसका निर्माण नर जनद बिरसन में होता है मनुष्य के नर में एक जोड़े बिरसन होते हैं और दोनों ही बिरसन में शुक्राणु का निर्माण होता है मानव शुक्राणु लगभग साठ माइक्रोमीटर लंबा होता है इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है यह डिस्टेंस साठ माइक्रोनमीटर का होता है इसकी जो चौराई है इस टॉप जो चौराई है यह तीन दशमलव पाँच माइक्रोन मीटर का होता है वास्तव में जो शुकराणु है वह चार भाग में बाँटे जा सकते हैं शुक्राणुओं को हम लोग चार भाग में बांट सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यह क्या है एक भाले नुमा या टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, यह क्या है एक भाले नुमा भाले का आगे का भाग क्या होता है चौड़ा होता है और पीछे का भाग पतला होता है तो इसे यदि सीधा कर दिया जाए तो आप इसे भाले आकृति कह सकते हैं तब बात करते हैं कि पार्ट ऑफ स्पर्म स्पर्म के भाग तो इस डाइग्राम में आप देख सकते हैं स्पर्म का मुख्य रूप से एक दो और तीन आपको नज़र आ रहा होगा तो तीन भाग और ये चौथा भाग है जो इस बीच का भाग है इसे नेक कहते हैं तो हम इस स्पर्म को चार भागों में बांट सकते हैं तो पहला भाग है आपका फर्स्ट जो भाग है वो है हेड हेड मतलब सिर होता है हेड मतलब सिर कह सकते हैं या शीर्ष कह सकते ये हेड मत का तात्पर शीर्ष से है दूसरा इस बीच का भाग को नेक एन के नेक मतलब ग्रीवा या इसको गर्दन भी हम लोग कहते हैं तीसरा जो है वो है ये जो भाग है इस भाग को मिडिल पीस मध्य भाग कहते हैं जबकि यहाँ से नीचे का जो भाग है यहाँ से यहाँ तक क्या भाग है इसे टेल कहते हैं इस भाग को टेल कहते हैं, पूछ कहते हैं अब देखिए बारी बारी से हम इस चारों भाग का डिस्क्रिप्शन देंगे कि चारों भाग आखिर क्या क्या कौन कौन कौम्पोनेंट को रखता है इसमें कौन कौन से चीज़ पाए जाते हैं और इसका फंक्शन क्या कौन सा भाग कौन सा कार्य करता है तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा हेड का शुक्राणु का जो ये हेड है ना इसे हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं एक आगे का भाग और एक पीछे का सर्वप्रथम यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट को हम लोग देखते हैं यही है शुक्राणु का हेड यानी या जो कॉर्नर है जिसे क्रोजोम का कॉर्नर कहते हैं वहाँ से यहाँ तक का भाग क्या कहलाता कहला है हेड कहलाता है और इसका मैक्सिमम जो लेंथ होता है चार दशमलव पाँच माइक्रोमीटर होता है इसका ये मैक्सिमम लेंथ अब देखिए इसमें एक ऊपर का भाग है जो नुकीला भाग है इसे एक्रोजोम एक कहते हैं इस नुकीले भाग को हम लोग क्या कहते हैं एक्रोजोम एक कहते हैं यह एक्रोजोम एक जो है उसमें एक प्रकार का अपघटनी तरल पाया जाता है ये क्या है अपघटनी तरल अपघटनी तरल किसे कहते हैं जो किसी पदार्थ को विघटित करने का काम करता है इस पदार्थ का लाइसीन कहा जाता है क्योंकि शुक्राणु में पाया जाता है अतः इसे एसपर्म लाइसिन भी कह सकते हैं यह अपघटनीय पदार्थ है हिंदी में लिखना चाहिएगा लाइसिन कहिए और इसे एक्रोजोम कहिए अब आते हैं इसका जो मुख्य भाग है हेड का जो मुख्य भाग है वो भाग है ये यह भाग लगभग अंडाकार होता है यह भाग लगभग अंडाकार होता है तथा यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होता है ना इस भाग से देखिए इस भाग से लेकर इस भाग तक का जो लेंथ है ये लेंथ है दो दशमलव पाँच से लेकर तीन दशमलव पाँच माइक्रोमीटर तक का इसे इसका भी बोलेंगे तो ये बिल्कुल अंडाकार नहीं होता बल्कि इसका वाइडनेस है इसका क्या है, लंबाई है लेकिन ऊपर से जो होता है ये चपटा होता है यानी कि इसको आप दाबोगे तो बिल्कुल चपटा ना जैसे हाथ को इसे आप जोड़ लीजिए तो जिस तरह का भाग है उसी तरह का भाग क्या है ये हेड का भाग है और इस हेड के आगे इस भाग में ये जो पूरा भाग है लगभग संगनित न्यूक्लियस पाई जाती है इससे हम मिटा रहे हैं क्योंकि इससे अंदर का संरचना दिखाने में असुविधा हो रही है यह जो भाग है यह भाग इसका केंद्रक है यही भाग क्या है हेड का न्यूक्लियस है चूंकि शुक्राणु क्या होता है गेमिट होता है शुक्राणु क्या है नर युग्मक है नर गेमिट है अतः या क्या होता है हेप्लुड होता है या क्या होता है यह न्यूक्लियस हैप्लोइड होता है और इसी में क्या होता है क्रोमोजोमल पार्ट होती है या कह सकते सारी जो अनुवंशिक संगठन है जो सारी अनुवंशिक संगठन जो पिता से आ रही है वो इसी हेट के न्यूक्लियस में ही जमा रहता है इसमें और कुछ भी नहीं रहता इसका ऊपर के भाग को शेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते इसके पूरे ऊपर का जो भाग है इसे क्या कहते हैं इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाजमा मेम्ब्रेन कहते हैं कोशिका भित्ती कह सकते इससे अब देखिए अब हम लेते हैं दूसरा भाग ये है दूसरा भाग ये जो पतला सा यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का जो भाग देख रहे हैं ये भाग जो है ये दूसरा भाग है और इसी भाग को क्या कहते हैं इस भाग को नेक कहते हैं ये क्या है नेक है गरीवा है जो तीन दशमलव जीरो दशमलव सॉरी जीरो दशमलव तीन माइक्रोमीटर ही लंबा होता है एकदम बिल्कुल छोटा सा भाग जैसे ये हम लोग का गर्दन है ये हिडवा और ये धर और इसके बीच का भाग ये गर्दन है उसी तरह ये क्या शुक्राणु में ये क्या बीच का भाग है जिसे क्या कहते हैं नेक कहते हैं अब नेक में कोई विशेष संरचना नहीं होती यहाँ पे दो जो आप भाग देख रहे हैं ये दो भाग इसे हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं इसको तारक काय कहते हैं ये क्या है ये सेंट्रियोल है सेंट्रियोल तारक काय है अब आप देख रहे हैं डायग्राम में ऊपर का जो तारक काय है वो मुक्त है वो फ्री अवस्था में रहता है इससे कोई टेंशन नहीं ये किसी चीज़ को कैरी आउट नहीं करता ये ऊपर का जो तारक काय है वो मुक्त अवस्था में रहता है लेकिन जबकि नीचे का जो तारक का है सेंट्रियोल है इससे ये ब्लैक जो लंबाई में संरचना देख रहे हैं यह संरचना पाई जाती है और इस संरचना को एग जो नीम कहते है। या जो संरचना पूरी लंबाई में पाई जाती है इस संरचना को क्या कहते हैं एग नीम कहते इस संरचना को एग नीम कहा जाता है और ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ टेल के टिप तक समाप्त होता है या जो पूछ है इसके अंतिम शराब केवल एक जो होता है और ये प्लाज्मा मेम्रियन समाप्त हो जाता है अब बात करते हैं इसकी तीसरी संरचना या कह सकते हैं तीसरे भाग के बारे में जिसे मध्य भाग कहते हैं तीसरा जो भाग है इस भाग को हम लोग मध्य भाग कहते हैं या पाँच से सात इसकी जो लंबाई है ना यहाँ से ये क्या है पाँच से सात माइक्रोनमीटर का है जबकि इसका जो व्यास है यह जो डायमीटर है यह एक माइक्रोनमीटर का ही होता है मैक्सिमम बता रही ये मैक्सिमम लेंथ है पाँच से सात माइक्रोमीटर और ये जो इसका डाईमीटर है वो एक माइक्रोमीटर ये मैक्सिमम इसका क्या है लेंथ है अब देखिए ये देख रहे ये क्या है ये देखने में आपको 2D में लंबत नजर आ रहा है वास्तव में ये क्या होता है बेलनाकार होता है बेलनाकार जैसे ये मेरा मार्कर देख रहे हैं इसी तरह से बेलनाकार होता है इसका ब्यास ये जो डायमीटर है यह डायमीटर कितना का एक माइक्रोनमीटर का जबकि लेंथ कितना है पाँच से सात माइक्रोन मीटर का इसका लेंथ होता है और ये ब्लैक वाला संरचना जो देख रहे हैं लंबा तीसें एक जो नीम कहते हैं और ये जो आप भलाई नुमा देख रहे हैं छल्ला नुमा जो या इसको अलग करके देखिएगा तो ये स्प्रिंग प्वाइल नुमा होता है यह संरचना माइटोकोंडिया इस संरचना को माइटोकोंडिया कहते हैं जैसा कि आप जानते हैं माइटोकोंडिया क्या होता है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है तो यह क्या है शुक्राणु भी तो एक एप्लॉयड सेल है या भी क्या है अर्धगुणित कोशिका है शुक्राणु जो युग्मक है उसे क्या कहते हैं अर्धगुणित कोशिका को युग्मक कहते हैं तो शुक्राणु क्या नर का अगुणित या कह सकते हैं अर्धगुणित कोशिका है और पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकोन्डिया कहा जाता है तथा इसमें भी माइट्रोकोन्डिया है अब देखिए मैं पहले ही बता दिया पावर हाउस ऑफ द सेल यानी ऊर्जागिरी तो काम करने के लिए शुक्राणु को एक्टिव होने की ऊर्जा कहाँ से मिलेगा इसी माइट्रोकोंडिया से मिलेगा और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है मिडिल पिच में ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है मिडिल पिच में अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि आप पूछ सकते हो कि हाउ मिनी नंबर ऑफ माइट्रोकोन्डिया फाउंड इन द ह्यूमेन एस्पन मानव के शुक्राणु में या मानव के नरयुग्मक अर्थात शुक्राणु में कितने माइट्रोकोंडिया होते हैं तो देखिए ये जो माइट्रोकोन्डिया की संख्या है वो शुक्राणु में भारी करता है या 50 से लेकर 75 की संख्या हो सकते हैं मिनिमम 50 और मैक्सिमम 75 मान सकते हो हाँ जो एकदम से कमजोर है जिनका शुक्राणु जनन सक्षम नहीं है उनमें माइटोकोन्डिया की संख्या एकदम लेस हो सकती है जिससे माइट्रोकोन्डिया जिससे ये शुक्राणु अनेक्टिव होगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा एक सामान्य जो शुक्राणु है ना उसमें माइट्रोकोन्डिया की संख्या क्या होगी 50 से लेकर 75 होगी इसकी संख्या कितना होगा पचास से 75 हाँ जो ये गूगल जो टीचर गूगल पे केवल सर्च करते हैं तो उनके लिए मैं कहता हूँ गूगल कुछ जो सिर्फ मानते हैं गूगल जो एवरेज मान निकाल दिया वही सच्चाई है उनके लिए मैं बताता हूँ 75 क्योंकि आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो पचहत्तर मिलेगा ठीक लेकिन इसकी संख्या भैर ही करते एक जैसे एक बार जो सीमेंट निकलता है उसमें 80 से 100 मिलियन सुक्राणु होते हैं तो उसमें से बहुत में 50 किसी में इक्यावन किसी में बावन इस तरह से क्या हो सकता है 75 तक की संख्या हो सकती है और शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा ही से मिलती गति के लिए ऊर्जा मिलती है गति में सहायक नहीं बोल रहे मैं कह रहा हूँ गति करने के लिए शुक्राणुओं को क्रियान्वित होने के लिए सक्रिय होने के लिए ऊर्जा इसी माइट्रोकोन्डिया से मिलती है अब इसका देखिए अंतिम भाग है जिसे हम लोग टेल कहते हैं। ये क्या है लास्ट पोर्शन है इसे हम लोग टेल कहते हैं। और ये सर्वाधिक लंबा भाग है या मानव शुक्राणु का सर्वाधिक लंबा भाग है अप्रॉक्सीमेटली पचास माइक्रोनमीटर तक होता है ये पचास माइक्रोनमीटर तक होता है अब यहाँ का जो इसका व्यास होता है जहाँ से ये टेल स्टार्ट हुआ पूछ हुआ यहाँ का ब्यास 0.5 पॉइंट ब्यास मतलब डायमीटर गोलाई ये कितना होता है 0.5 माइक्रोमीटर होता है जबकि लास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा लास्ट में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और ये जो बीचों बीच जो एक जो नीम आप देख रहे हैं या जो एक जो नीम है यह टेल के अंतिम सिरे तक पाया जाता है तो इस प्रकार से आपने आज का जो टॉपिक देखा वो टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमेन एक्सपर यानी मानव शुकरानों की संरचना है और ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है 2013 में भी बिहार बोर्ड में इस क्वेश्चन इसका स्ट्रक्चर पूछा था इसका स्ट्रक्चर अलग पूछ सकता है स्ट्रक्चर विथ डिस्क्रिप्शन अलग पूछ सकता है तो आप इसे मेरे यूट्यूब चैनल पर बार बार देख सुनकर इसे याद कर सकते हैं समझ सकते इसे बना सकते हैं और ये जो डिस्क्रिप्शन था वो केवल मानव शुकराणु का डिस्क्रिप्शन था ये इट मींस ह्यूमेन मेल गेमिट शुक्राणु एस्पर्म का ये संरचना था हाय माय स्टूडेंट मैं आप लोग से कहना चाहूँगा यदि आपको मेरा यूट्यूब पर दिया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसे शेयर भी करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोगों के लिए अपने YouTube आई पर देते रहूं। यदि इसमें से किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार की क्वेश्चन राइज करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जिससे YouTube पर भी मैं कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देते रहूंगा। धन्यवाद